पत्रकार पीयूष बबेले पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं बबेले इसके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं माना जा रहा है प्रदेश की भाजपा सरकार को मीडिया में घेरने की रणनीति पर बबेले काम करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकार पीयूष बबेले को अपना मीडिया सलाहकार मनोनीत किया है इसके साथ ही श्री बबेले को प्रदेश कांग्रेस के लिए भी मीडिया सलाहकार मनोनीत किया गया है बबेले के मनोनय पर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के समस्त पदाधिकारी प्रवक्ता गणों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बबेले को पत्रकारिता का लंबा तजुर्बा है और वे पिछले काफी समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं पीयूष बबेले भाजपा सरकार को मीडिया में घेरने की रणनीति पर काम करेंगे और कांग्रेस के मिशन दो को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें